मोहब्बत मोहब्बत महरबा तेरी ना मेरी मुकम्मल दास्तान तेरी ना मेरी गवा दी उम्र जिसको जीतने में वो दुनिया मेरी जहाँ तेरी ना मेरी खुदा जाने है किसका दर्द कितना खुदा जाने है किसका दर्द कितना ये सांझी सिस्किया तेरी ना मेरी है ना इंसाफियाँ हर संत लेकिन है ना इंसाफिया हर संत लेकिन खुली अब तक जवाब तेरी ना मेरी बचा है और ना कोई बच सकेगा गमों की आंधिया तेरी ना मेरी तू जितना भी उन्हें अपना समझ ले भी उन्हें अपना समझ ले। सियासी हस्तियां तेरी न मेरी सापत को खरीदा अहले सर ने रही सुर्खिया तेरी न मेरी अदाकारी रियाकारी दिखावा हकीकत की जुबां तेरी न मेरी